दौड़ के आजा, जा के आजा, आजा। के आ के आजा मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुला हैं। आ दौड़ के आजा मेरी माँ तुझे तेरे आ आदोड़ मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते हम सारे तेरे संतान हम सारे तेरे संतान तेरे भक्त बुलाते आहा राजा मेरी माँ तुझे तेरे भक्त तो बुलाते भक्त तो को अपने गले लगा मंदिर में आवो दर करावो भक्त तो को अपने गले लगाओ उधार करो मेरी माँ तू उधार करो मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं आ दौड़े के आजा मेरे माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते मातु भवानी बड़ी हो जानी बिन मांगे तू देती मन मांगी मातु भवानी बड़ी हो जाने बिन मांगे दे ती मनमानी भंडार भरो मेरी माँ भंडार भरो मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं दौड़ के आज मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं पड़ी है नैया ना पतवार ना कोई खेवैया बीच भवारी में पड़ी है नैया ना पतवार ना कोई खेवैया बेरा पार करो मेरी माँ बेरा पार करो मेरी माँ तुझे तेरे हत बुलाते आ दौड़े के, के आजा मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं हम सारे तेरे संतान, हम सारे तेरे संतान, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं आ दौड़ के आजमेरी माँ तुझे तेरे बद बुलाते हैं आदौड़ के आजम माँ तुझे तेरे भुलाते माता रानी कर लो माता रानी कसुमिर रन कर लो जीवन का हर कल से मिटेगा रानी कसुमिरन कर लो जीवन का हर कले तो मिटेगा जीवन का हर कले तो मिटेगा जीवन का हर कले तो जीवन का हर कले से मिटेगा जीवन का हर कले से मिटेगा माता रानी का माता रानी का रहने कर लो जीवन का हर कले से मिटेगा माता रानी का तुम रहने कर लो जीवन का हर कले सोल पुत्री बुलाना दुज बर्मचारणी को मनाना हम सोलपुत्री बुलाना दुज बर्मचारिणी को मनाना तीसरे चंद्र घंटा आई तो तीसरे चंद्र घंटा आई तो आनंद ही आनंद मिलेगा मास्तरा तुम रन करो जीवन का हर चले तो मिटेगा माता कत्याय नी जो आएंगी तेरा कर खोचियों भरेगा माता रानी कथु मिरे कर लो जीवन कार कले मिटेगा दात्री जो घर में आएंगी सीधी दात्री जो घर में आएंगी काता रानी कदम कर लो जीवन कहा रानी का माता रानी रहने कर लो जीवन का हर कार कलेत मिटेगा माता रानी रहने कर लो दीवन करर चलत मिटेगा विवनकर कलेत मिटेगा विवनकार कलेत माता जगदम्बा के बंदन गूँ चरणों में मुने के श्री से नमा जगदम्बा के बंदन गाम चरणों में मुने के नमा मणी हो तू ही सिमानी तू ही हु माता जगत कल yes. तू ही बरमानी हो तू ही सिमानी तू ही हु माता जगत कल्ला मैया के मंदिर में मैया के मंदिर में गीत जला चरणों में मुने के नाम माँ जगदम्बा के बंदन गाम चरणों में मुने के शेनवाम मिलती मैया जनजन में सखी तेरी कृपा से मैया मिलती है भगवती ही से मिलती मैया जनजन में सखी तेरी कृपा से मैया मिलती है भगती मैया के दर पे आके मैया के दर के आखे दर्शन पाम चरणों में मुने के नाम आज दम्बा के जगदम्बा के बंदन गाम चरणों में मुने के शैन तेरे दर्श मैया कोई जाता न खाली भगतों की भरती मैया हर बार धो मैया कोई जाता न खाली भगतों की मैया हर बाहर घो अशोक मैया के आगे अशोक मैया के आगे शीतन मामलों में आके ga